निराला कोई और नहीं भोलेदानी से निराला कोई और नहीं भगतो के रख भैया ऐसो भग तो रख भैया कोई और नहीं भोलेदानी कोई और नहीं बोलता नहीं निराला कोई और बोल निरा कोई और नहीं, बोल कोई और नहीं। उनकी डमरू डमडम बोले उनकी डमरू डमडम बोले गम निगम के भेद खोले उनके डमरू डम अगम निगम के भेद खोले उनके डमरू डमडम बोले अगम निगम के भेद खोले उनके डमरू डमडम बोले अगम निगम के भेद खोले तो सोभाग तो रखवाला कोई और नहीं कोई निरा भोलानी से निराइन जब काया करवट बदले पाप चमके अगले पिछले जब या करवट बदले पाप चमके अगले पिछले है तो जोत जगन भाला है तो जोत जगने वाला कोई और नहीं से निराला कोई और नहीं से निरा कोई और तुमने जगका कर चमेटाया मुझको स्वामी क्यों बिछराया? तुमने जग जगका कर चमिटाया मुझको स्वामी क्यों बिछराया? अब तो मुझे बचाने वाला अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, बोलना नी टे निराला कोई और नहीं, निराला कोई तो भक्तों के रख रखबैया तो भक्तों के रख रखबैया कोई और नहीं, नी से निरा कोई और नहीं, ओम नमः मैं शिवाय। शंभुनाथ चमरा लाला कोई